वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को फिर से ये बताने जा रहा हूं कि अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को अप्रेंटिस का मेला लगा हुआ था जिसमें कि काफ़ी कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस प्रोवाइड हो चुकी है और ये जो मेला है सारे स्टेट्स पे नहीं लग पाया था अब जो स्टेट बचे हुए हैं उन पर भी अप्रेंटिसिप का मेला लगने जा रहा है अब हम यहाँ पर देखेंगे किस स्टेट्स में ये अप्रेंटिसिप का मेला लगने जा रहा है ये देखिए आपके सामने ये जो अप्रेंटिसिप का मेला लगने जा रहा है अप्रेंटिसिप मेला एंड जॉब फेयर 2022 वेन्यू गवर्नमेंट आईटीआई टी हावड़ा होम सेंटी हावड़ा ये गवर्नमेंट आईटीआई हावड़ा मतलब कोलकाता में अप्रेंटिसशिप का ये मेला लगने जा रहा है इसमें अप्रेंटिसशिप और जॉब फेयर दोनों ही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये जो है आईटीआई पास स्टूडेंट और नॉन आईटीआई पास दोनों ही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये जो अप्रेंटिसशिप का मेला है ये तेरह मई दो को समय दस बजे लगेगा जिस भी कैंडिडेट्स को किसी तरह की क्वारी करनी है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर वे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप इस फॉर्म को फिल करेंगे इसके बाद दी गई डेट पर आप दिए गए एड्रेस पर मौजूद होकर के इस मेले के आयोजन में भाग ले सकते हैं इस मेले में आयोजन के लिए इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले सभी छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ कोलकाता के रहने वाले ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये आल इंडिया प्रोग्राम है इसमें भारत के रहने वाले सभी कैंडिडेट जो भी अप्रेंटिसिप या जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वह सभी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में ज़रूर भाग लें अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में देखिए पोस्ट नेम क्या है आईटीआई एंड नॉन आईटीआई अप्रेंटिसशिप मेला 2022, अप्रेंटिसशिप मेला फिर से तेरह मई 2022 को आई तथा नॉन आई छात्रों के लिए लगने वाला है आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल 2022 को ऑल ओवर इंडिया अप्रेंटिसिप मेला का आयोजन डी के द्वारा किया गया था लेकिन अभी ऐसा ऐसे कुछ प्रदेश थे जिनमें अप्रेंटिसिप मेला नहीं लगा था वहां पर चुनाव चल रहे थे या किसी अन्य कारणवश वहाँ पर अप्रेंटिसिप मेला नहीं लगा फिर उस क्षेत्र में अप्रेंटिसिप मेला का आयोजन तेरह मई 2022 को हावड़ा कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है इस अप्रेंटिसिप मेला में भारत के किसी भी क्षेत्र के से छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये अप्रेंटिसिप मेला और जिसमें जॉब फेयर भी लगेगा तो सभी आईटीआई तथा नॉन आईटीआई पास आउट स्टूडेंट तेरह मई 2022 को सुबह दस बजे गवर्नमेंट आई हावड़ा संत चाहौड़ा में उपस्थित होकर आप जॉब फेयर 2022 अथवा अप्रेंटिसिप मेला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है और इस अप्रेंटिसिप मेला में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे मैंने दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अप्रेंटिसिप मेला में यह जॉब फेयर 2022 में शामिल हो सकते हैं ये तो जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दिया हुआ है किस लोकेशन पे ये मेला लग रहा है ये भी बता दिया है रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो